तो आज हम फिर से आ गए हैं तो आज हम पीयूष का चैनल खोलेंगे देखो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि पीयूष और मैं साथ में ही रहते में, में में। है तो साथ में चले गए और डर जाने वाली बात तो यह है की बाथरूम में हम दोनों हमारा काम करके बाहर भी आ गए और हम दोनों को पता ही नहीं हम दोनों बाथरूम में साथ में थे बाद में साहिल ने बाथरूम की सीसी टीवी फुटेज देख बताई की हम दोनों बाथरूम में साथ में थे चल साहिल अब एक उल्टी करके बता दो तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये इसलिए देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह ठंडे ठंडे पानी कुनाली तुम्हारी बाथरूम में क्यों है? अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिए? पीयूष, ये ये क्या बोल ये क्या बोल रहा है? दिया शोरभ भाई शोभ भाई वो बोल रहा है कि आपने ना बस मुझे जेमिंग चैनल खोल के दिया उसे नहीं दिया तो उसे गुस्सा आ रहा है दुछा दुछा दुछा दुछा दुछा दुछा दुछा दुछा। अरे तुझे भी खोल दूंगा गेमिंग चैनल अभी चल जा अरे जा गाइस एक तो इससे बड़ा डर लगता है मेरे को पता करना पड़ता है कि कहीं मारने की धमकी तो नहीं दे रहा है खाना तो नहीं मंग रहा है एक तो वैसे ही बिना सबटाइटल के बोलता है पांच लाख का पीसी बनाएंगे बिल्कुल मजा आएगा इधर रखा डब्बा खोल लेते खोल लेते चलो डब्बा खोल लेते बड़ा मजा आएगा हाँ हाँ पांच लाख तो मेरे लग रहे मजा तो आपका ही है सौरभ भाई इसकी ताली के बीच में मत आज ना चटनी बना देगा दोस्तों काफी मस्त पीसी है जब का पीसी है, बहुत मजेदार है इसके मदरबोर्ड में हमने रियल इंसान डाला है आपका आपने पीूष से भी महंगा पीसी बना के दिया है थैंक यू टेक्नो गेमर्स भाई टेक बर्नर भाई तो गाय सभी ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्यूँकी मैंने पांच लाख का पीसी तो बनवा लिया लेकिन जैसी मैं ये चीज घर लेके आता हूँ ये पीूष मेरे को बोलता है की इसमें मारियो लगा दो मेरा तो दिमाग फट रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है बूम विश्व